नमस्कार पर नाम हमारे साथ एक आदमी जुड़ चुका है गांव का है अरे तो तो तुम्हारी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमको गवार करती है। तो ना तो गवार करती है है से अच्छा अगर हम शहर तो तोड़ करती